तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो सर मैं हेडक्वार्टर से आया कर्नल ने आपके लिए खाना और कपड़े भेजे हैं। अरे इसमें खाना है कुछ और है सर मुझे इस पे डाउट लग रहा है नहीं सर इसमें खाना ही होगा तुम यहाँ से जाओ ठीक है सर सर मैं पानी लेने जाता हूँ आप अपना ध्यान रखना ठीक है सर उज काम हो चुका है वेरी गुड इतना में खाना खाएंगे में हो जाएंगे अरे तो बैग में बम है अगर मैं सर को बचाने जाऊंगा तो ये दी भाग आतंकवादी पहले ही नहीं खत्म करता हूँ अफसोस नहीं जो तेरे लिए